आप ले सकते हैं इस में, जो भी आपको पैसे मिलेंगे, मिलेंगे. इसमें मसल में कैसा है कि आप इसको रेफर सिस्टम है और इसमें हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है यहाँ से आप जो है जा करके सो इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद सारा सेटअप कंप्लीट करेंगे साइनअप प्रक्रिया उसके बाद जो है आपको वहाँ पे अमेजोन का एप्पल का और बाकी अलग अलग ब्रांड के आपको कूपन वाउचर मिलेंगे जो जिसमें डेढ़ सौ से लेकर के ढाई सौ के बीच में जो है वो आपको मिलने वाले हैं तो आप जैसे उसको मिलेंगे तो वो किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं किस तरीके से उसका पूरा प्रोसीजर है और मैंने कितने पैसे कमाए हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी मेरे मोबाइल स्क्रीन पे जा करके आपको दिखाऊंगा तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको आई मनी का पूरा सेटअप करना है और किस तरीके से जो है वो तो आपको पैसे कमा ले. दोस्तों ये है आई एंड डी मनी का एप्लीकेशन इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लें और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने जो है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और जो है आपका नाम डालने का ऑप्शन आएगा उसे आप डाल साइन अप कर लें और उसके बाद जो है आप आधार कार्ड से इसको केवाईसी कर लें और जैसे ही आप केवाईसी कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैक्सबोर्ड खुल के आएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे देखें डैक्स है और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर मेन ये ब्रांड तो ब्राउज़र के अंदर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल रिवॉर्ड अर्निंग ये मेरी जो है ना टोटल रिवॉर्ड अर्निंग है सिर्फ मैंने दो बंदों को रेफर किया है और यहाँ पर देखें तो जो मुझे मिले हुए हैं अमेज़न के स्टॉक हंड्रेड रुपीज़ के Netflix के पच्चीस रुपये के तो इस तरीके से देखिए अमेज़न स्टॉक ढाई सौ के इस तरीके से आपको भी मिलेंगे जैसे ही आप लिंक से जा करके पूरा सेटअप कंप्लीट करेंगे तो आपको लगभग ढाई सौ का कैशबैक मिल जाएगा अब ये चीज़ें आपको आपके बैंक में कैसे लेनी है वो मैं आपको बताऊँगा फिलहाल में आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये चीज़ें जैसे अभी मान लीजिए तीन की है तो अब ये माइनस प्लस होती रहेगी मतलब अगर आज समझें अमेज़ॉन का स्टॉक कुछ प्लस हुआ पाँच दस रुपए तो आपके पाँच दस रुपए प्लस हो गए जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो रुपये कुछ पैसे मेरे माइनस हुए हैं तो ये आज के दिन में मेरे माइनस हुए हैं हो सकता है कल मेरे प्लस हो जाएं तो यहाँ पे ये यह बेनिफिट है कि आपको स्टॉक ख़रीदना नहीं पड़ता ठीक है तो ये यह चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि आप किसी को शेयर करते हैं तो आपको स्टॉक ख़रीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ आपको मिल जाएगा तो इसको आप जो है अगर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप जब पूरा सेटअप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे बीएसएम का जो है एक मैसेज आएगा वो मैसेज में आपको अकाउंट नंबर और आई कोड में आपको दिखा देता हूं यहां पे जीमेल में ओपन करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे एस तो एस बैंक इंडिया यहाँ पे जब क्लिक करेंगे जब वहाँ पे आप पूरा सेटअप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे एस बी इंडिया जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके सामने नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, तो यहाँ पे आपका नाम अकाउंट नंबर आईफ कोड सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। तो इसे क्या करना है आपको क्रोम के अंदर जाना है और क्रोम के अंदर जा करके अपना नेट बैंकिंग सेटअप कर लेना है आपको नेट बैंकिंग सेटअप करना नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स में जो है बताएं उसके ऊपर हम एक वीडियो आपको बना के दे देंगे मतलब एकदम सिंपल से आपको क्रोम में जाना है और एस uh, की साइट पे जाना है और वहाँ से आपको नेट बैंकिंग रजिस्टर्ड कर लेना है और वो पैसे आप जो है आई मनी का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आने के बाद जब आप इस पैसे को आपको कैसे क्या करना है माय माय रिवॉर्ड में जाएंगे या सॉरी माय स्टॉक में जाएंगे और यहां से मान लीजिए अमेजोन का ये स्टॉक मुझे बेचना है तो जैसे ही मैं इस पर सेल पे क्लिक करूंगा तो यहां पे इसको यहां पे कंप्लीट करना है और सेल कर देना है इसको जैसे आप इसको सेल करेंगे आपके ये पैसे जो है एस बी एम के अकाउंट में चले जाएंगे और वहाँ से वो, वो पैसों को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अदर बैंक में पेटीएम में करना है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी आपके पास बैंक हो उस बैंक में आप इस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हालांकि मुझे करना नहीं है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से तो ये पूरा सेटअप था दोस्तों बहुत आसानी से आप जो है सारे पैसे अपने इसी तरीके से विद्रॉल करके अपने बैंक में ले सकते हैं आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पे आपको एक रेड कलर की बटन दिख रही होगी उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिले और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों अगली वीडियो के लिए बने रही हमारे साथ ताकि आपको नई नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे